लाइफ में काम तो सभी करते हैं लेकिन निकम्मा होना एक आर्ट है जो कोई इससे सीखे yeah. अगर लाइफ में चाहिए था तो लाइक दबाकर फॉलो करो मेरी हर बात मंडे टू थर्सडे नो बस दोस्तों के साथ तूफान। फ्राइडे को फिल्में देखेंगे फिल्में सैटरडे को दारू और संडे को अच्छे लगे मुझसे शादी करोगे तुम एल्कोहलिक हो या ड्रग एडिक्ट लव एडिक्ट। जब लाइफ हो इतनी झकास तभी लगती है हीरो की वाट दुनिया की सबसे हसीन विलन जिसने बना दी मेरी लाइफ एक सैड फिल्म आदि कपड़े छत पे सुखा देना भी नहीं है को। तो एक निगम्मा ही काम आता है उसके लिए तूने हाथ उठाया उसी को अब कंधे पे उठाएगा तू काम कर कुत्ता पाल ले क्या कुत्ता पाल ले मगर ये वह मत पालना कि तू उन्हें हाथ भी लगा पाएगा अब मेरी बारी आई जो भी मुझसे जीतने की कोशिश करता है बेटा अपनी जिंदगी हार जाता है जीत तो मैं तभी गया था जब मैंने सोच लिया था। अब मेरी बारी है।